पड़िया राजधानी मैं कुछ क्यों पड़े जाके देखा कौन है रिना ओ तो बिनोदी है बिना दिया ओ बिना बिना दिया? दिया रे ने? रि ना इन्हें दिया? तो चल फोन तो करा हेलो है no. do? तो रगट लोकेशन भेज में ठीक है लोकेशन भेज दे ठीक है सब फोन हो जगह तो आई बताई अभिजीत तो लोकेशन देख साहब मेरे लोकेशन देखी धनी सर्दी का दियो। साहब मेरे को नहीं रील दियो। यार जोर नब्बे तुम दो दिखे पकड़ा आदमी लोकेशन तो फिर तो तो देख नहीं पड़ेगी के किनते किनते लोग के लोकेशन ओला लोकेशन तो आपनो चार पावदा आगे अजीत चार पावडा चाल तो के देखया था लोकेशन आई है साहब मेरो तो चाल के दय दयन कर दियो तन्ने हरकदी कह दे कोई काम कर दयन कह दे दयन कह दियो तेरो जाय बंजगी जा दया तू तो एक काम कर चार पावडा चाल के देखला सठई लागे सब क्यों मत जा लियो सामने बैठे नी अन बे जियोगी चलो उ बैठे नी यार मैं देखियो कोनी आ जाओ साहब मैं भेजी था लोकेशन आपडी लास आ जाओ खटी गई है की सब क्यों सर डर लगा लगाने सर्दी अभिजीत बेड़ी मार तू बेड़ी के फेर करंगा के सोलटेडो ऐसा बीड़ी बीड़ी माचिस कोनी भजी थे माचिस लाये रे लो एमो सोलटेडो अभीजीत मैं बताऊं तने बीड़ी बाड़ी पीजे करद्यांगा पचिंती घबराओ ना थे दरी एक तनी मैं थारसागनी तो घबराओ ना थे तेरी सही है साहब मैं थोड़ा सा चेक कर लियो इन्हें सब पहली बे आ तने जराबीत फर लियो ले बजराबीत दे ये साहब मैं थप्पड़ करूंगा दौड़िया देखो इन जाएंगे दर्दों खा क्यों लग गया दर्दो किसो खा रखे दिलवा खा रहा नहीं रहे गणेश किसी बात हार है हम्म तो है सर, अभी सर। ए, एक काम करो तीनों देखो हाँ पैसे की मिल जाएगी जी सर अभी देखते हैं जाओ मरी मरिए भैया तू एक काम करे लास्ट में जल्दी में जल्दी लाइब्रेरी पुगा लाइब्रेरी पुवाइब्रेरी बोलते है आप तो ले में जल्दी से जल्दी फुका पोस्ट ऑफिस भी वो तो हुआ। तो, समझ तो, तो फिर दिक्कत है दिमाग कम लगा काम पर ज्यादा ले ठीक है ले के कि ला दो ला दो किलोमीटर तक है देख लू फिर अस्से फर्स से उठ गया तो क्या हो गया? फिर उठ गया अच्छा ये सो रहा है ने? रोटियां अब दे? देख लिया देख लिया एक किलोमीटर तक भी साहब। सालू सालू के के ये मौत है है। पुड़िया यार यार मज़ा ना ले तो हा मन नहीं लगा जोर है तो भी तो नहीं रहे तो लेकिन कोई तो में पैदा नहीं ये बात करने को पर बाद एक पूरी के जे। नहीं। कोन हो? की देर के हाँ, मिलाई हाँ। हाँ। काम कर जितना भी दोस्त था नहीं बन सर तो हाँ, तो थे विनोद ने पुड़िया कोई कोई ना ना तो कौन तो। तो। ये बात माने तू है तीनों मतलब थे तीनों फेरे दिन पुड़िया कौन कोई रुक रहे जो को को बीच में खड़ी है हाँ। वो वो है, है, इन बोली को बन नजर जमाए थे। थाने इन नजर ज़माए तो थे। साहब ले, बताइए बताइए तो तो अरे यार, दिमाग में को खोल दे ठीक है एक काम कर दरवाज़ा तोड़ दे दरवाजो तोड़, तोड़ दे मैं मैं तेरे साग तोड़ दे दरवाज़ा। तोड़ तोड़। कौन दो भी? एक तू पिता एक दिखाया जो भी मार्पड़ मेरे में तू डेंगू मारगी और तू बाजू गिरा ही मार खेस गए थप्पड़ा सा बड़े सुहा नहीं मैं थप्पड़ पानिया दे बात बात ले ले जो, ले जो, ले जाओ जाओ जाओ जाओ बनाओ दया की ठंड ठंड ठंडा तो ना ओ, अरे खोल दे यार याराई बया पर तो थोड़ी सी बै कर ले खोल आई बी होगी बारा को और तो नहीं भी है तो हा तू इता एक कुड़िया खातिर भी छोड़े मरती हा साहब साहब नहीं तंद्र कोई लगे वो बेटे तेरे लगे है। तो तो है। नीकड़े नीकड़े कोनी भी मारे मैं खतरी मार मार छोरे मारिये क्या खतरे मारिये क्यों मारियो सारी की सारी स्टोरी मू पता यार जर्दो, रोज तो, तो ही पंगो है यार रोज रोज रोज रोज रोज की पुड़िया पुड़िया मांगते मेरे ही कौन है पंगो तो आजाद खोड़ पड़े लडी था था दे कितान थाने यार बिनोदी होगी यार मिलना यार बटी जर्दो मांगले यार आज तो काम सल्टा होगा दा। दिन दिन है? है ना तेर आने की जा रहा जरदा जरद खाते फिर जरदा ही बात करी यार तेरे भाई ये तो जर दो खा तू ला रा क्या तेरे भाई का नहीं यार तेरे भाई और दिल्ले हो यार वाह! एक पुढ़िया खतर एक छोरे की जान ले ली अभिजीत के सुझा दिया था टिंगर पुड़िया पुड़िया टिंगर आप मर्जी पुड़िया मिलेंगी देख, देख तने सजा तो फ्रेडीव तो थे देखियो आज कल क्या एक छोटी सी चीज खातर एक दूसरा को कतल कर दिया जावा महारा कहने का मतलब वही है अगर ये कलयुग की जिंदगी जिंदगी जीना चाहो तो सेफ रहो सेफ रखो राम राम और वीडियो क्या लाग्य बढ़िया है तो लाइक कर दो कमेंट करो अगर चैनल पर नया तो हो तो सब्सक्राइब जरूर करियो